सबसे पहले लॉगिन कीजिए लॉगिन पे इस्टेट सेलेक्ट कीजिए से... स्टेट के बाद फिर तहसील सेलेक्ट कीजिए तहसील के बाद फिर पार्ट संख्या डालिए, फिर पार्ट संख्या के बाद जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है ईआरओ नेट पे लॉगिन में उसको डालिए, फिर इसके बाद पासवर्ड में वही जो नंबर डाले हैं उसी को फिर से डालिए पासवर्ड इसके बाद लॉग इन कीजिए फिर ओ आएगा ओ डालिए फिर लॉग इन कीजिए लॉग इन होने पर डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए डैशबोर्ड क्लिक करने पर वहां पे आपका नाम दिखने लगेगा जिस आप पाठ संख्या में होंगे जिसका आपका जैसे नाम होगा जैसे सुरेंद्र कुमार पांडे फिर इसके बाद होम है मैपिंग है इलेक्टर है रिसाइकल डाटा है बी प्रोफाइल है अपनी बी प्रोफाइल देख सकते हैं फिर इसके बाद मैपिंग अब आपको मैपिंग में क्लिक करना मैपिंग के बाद फैसिलिटीज में क्लिक करना फैसिलिटीज के बाद ये जो पोलिंग स्टेशन फ़ोटो है इसमें अपन पोलिंग इस्टेसन की फ़ोटो क्लिक करना आगे पीछे और राय बाएँ साइड की यहाँ पे एड फोटो पे क्लिक करना है एड फोटो क्लिक हो जाने पे ये कैप्चर कर दीजिए आगे की ये कैंसिल ओके है तो जब आप सामने की फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ओके कर दीजिए मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ इसके बाद आपने कुछ चार फोटो अपलोड करना आगे पीछे और दाएं साइड और बाएं साइड फिर इसके बाद अपने को लॉन्गी लॉन्गी और लॉन्गिट्यूट में क्लिक करना यहाँ पर जो रेड कलर का तीर बना हुआ यहाँ पर क्लिक करना यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े रहेंगे वहाँ पोलिंग स्टेशन पास वो रेड कलर या अपने आप आ जाएगा वहाँ दिखने लगेगा फिर इसके बाद आप वहाँ रहेंगे तो अपडेट कर दीजिए लोकेशन अपडेट हो गया वहाँ जब वहाँ जाएंगे तभी यहाँ अपने कोई जैसे ऊपर इंग्लिश लिखा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हिंदी से आ जाएगा अपने आप यहाँ अपडेट कर दीजिए फिर जैसे यहाँ पे आप पूरा पढ़ लीजिए आपके पोलिंग स्टेशन में क्या क्या अलेवल है जैसे अलेवल है कुछ जो ना नहीं है अलेवल उसको नॉट अलेवल में क्लिक कर दीजिए पूरा सब इसके बाद लास्ट में आइए ये सब फोटो अपलोड करने के बाद फिर अपडेट में क्लिक कर दीजिए ये हो जाएगा धन्यवाद